तो आज हम बात करने वाले हैं पांच बड़े YouTube चैनल्स की मंथली इनकम के बारे में जिनको सुनने के बाद आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और गैस लास्ट वाला यूट्यूबर तो अंबानी को भी टक्कर दे सकता है सो so, चलेगा स्पिनर टाइम की वीडियो को चलिए शुरू करते हैं नंबर फाइव मनोज देव सुगैस so, मनोज देव को भला कौन नहीं जानता <laughs> <laughs> क्यूँ बता दें कि दे कीटेगरी ऐसी रिलेटेड बनाते हैं जो कि व्यूवर्स और क्रिएटर दोनों के लिए फायदेमंद होती हैं। है सुगर अगर हम इनकी मंथली इनकम की बात करें तो ये एक मंथ में करीब 16000 हजार डॉलर यानी की करीब 13 लाख रुपए कमा रहे हैं नंबर फोर ट्रिग इंसान YouTube पर अगर रोज चैनल की बात की जाए तो ट्रिगड इंसान को हम कैसे भूल सकते हैं ट्रिग इंसान जो कि रोस्टिंग के साथ साथ गेमिंग और लाइफ स्ट्रीम भी करते हैं पर गैस आखिर उनकी मंथली इनकम कितनी है सुगैश्व बता दें कि ट्रिगड़ इंसान एक मंथ में करीब उनतीस हजार डॉलर यानी कि करीब 24 लाख रुपए कमा रहे हैं नंबर थ्री सौरव जोशी सुगैस सौरभ जोशी एक ऐसा लड़का है जिसने मात्र 22 सालों की उम्र में ही वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसे शायद हासिल करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है ऐसी कुछ ज्यादा नहीं हो गयी मतलब कुछ भी आज सौरव जोशी के YouTube चैनल पर करीब 19 मिलियन सब्सक्राइबर है और ये बहुत ही जल्दी 20 मिलियन भी होने वाले हैं सौरव जोशी अपने YouTube चैनल पर व्लॉग्स और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं पर प्रगैस सौरव जोशी इतनी छोटी उम्र में आखिर कितने पैसे कमा रहे हैं चलिए जानते हैं सुगैस बता दे की सौरव जोशी मात्र बाईस साल में ही बावन डॉलर यानी के करीब बयालीस लाख रूपए कमा रहे हैं नंबर टू क्रेजी एक्सवाइजी सुगैस क्रेजी एक्सवाइजी को भला कौन नहीं जानता ये अपने क्रेजी और मजेदार एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं और गैस अगर हम इनके एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो इनके बहुत ही चैनल के पीछे आठ ऐसी दस लोगों की टीम काम करती है जिसमे हम सब के चाहते अमित शर्मा है इनके चैनल की अगर हम बात करें तो आज की डेट में इनके चैनल आरोप पच्चीस मिलियन सब्सक्राइबर है और ये बहुत ही जल्दी छब्बीस मिलियन भी होने वाले हैं इतने बड़े चैनल की आखिर मंथली इनकम का रा जानना चाहते हैं सबर रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना तो गैस बता दे क्रेजी एक्स वाई एक मंथ में करीब अठावन हजार डॉलर यानी की करीब 48 लाख रुपए कमा रहे हैं नंबर वन मिस्टर इंडियन हैकर सो सुग अगर हम इनकी बात करें तो इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका काम ही बता देता है की ये यूट्यूब के कितने बड़े आज इनका चैनल YouTube पर एक्सपेरिमेंट्स की कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पर आता है और गैस इनके YouTube चैनल पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और गाइस अगर हम इनकी वीडियोस की बात करें तो इनकी वीडियोस काफ़ी हाई लेवल की होती है जैसे कि डैम बनाकर बिजली जनरेट करना और ब्लैक होल बना सबको हैरान कर देना और गायस ये अपने इतने बड़े एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने में भी काफ़ी खर्चा कर देते हैं मिस्टर इंडियन हैकर चैनल के पीछे 10 लोगों की टीम काम करती है जिसमें से मेन लीडर हम सबके प्यारे दिलराज भाई हैं ये अपने नाम की तरह ही सभी दिलों पर राज करते हैं सो सुगैश अब हम बात करते हैं इनकी मंथली इनकम के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने यूट्यूब चैनल से करीब छिहत्तर हजार डॉलर यानी की करीब तिरसठ लाख रूपए कमा रहे हैं सुगैश आपको इनमें से कौन सा यूट्यूब चैनल पसंद है हमें कॉमेंट करके जरूर ऐसी बताइएगा और गैस आपके इस चैनल को भी आपकी बहुत जरूरत है इसलिए गैस ऐसे ही मजेदार वीडियो और देखने के लिए आपके अपने चैनल बका फैक्टिस को सब्सक्राइब करो ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ जल्दी दबाओ सो अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में